गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है चल रहा हूँ मंजिल के सफर में चल रहा हूँ मंजिल के सफर में मंजिल को पाना अभी बाकी है कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार की कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार की कामयाबी का शोर मचाना भी बाकी है